दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सपने और हकीकत में आज हम बात करेंगे सपने में चांद देखना इसका क्या अर्थ होता है देखिए सपने में आपने चाँद को किस अवस्था में देखा है सबसे पहले ये महत्वपूर्ण है क्योंकि हर अवस्था का फल अलग होता है कुछ अवस्थाएं यदि लाभकारी है तो कुछ अवस्थाएं लाभकारी नहीं भी है तो चलिए पहले बात करते हैं लाभकारी परिणाम देने वाली अवस्थाओं के बारे में सपने में सफ़ेद चाँद यह सपना दर्शाता है कि आने वाले समय में आपको सफ़ेद धन प्राप्त हो सकता है यानी यदि आपने सपने में एक सफ़ेद चांद बिल्कुल सफ़ेद चाँद बेदाग देखा है तो आपको आपकी मेहनत ईमानदारी का फल मिलने वाला है आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी हो सकती है और यदि आपने सपने में समुन्द्री तट पर उगता हुआ चाँद देखा है तो आपके भाग्य में उदय होने वाला है यह सपना भाग्य उदय को दर्शाता है अच्छा समय बहुत जल्द आपका शुरू होने वाला है यदि आप खुद को चांद पर खड़ा या फिर लटका हुआ देखते हो तो आपकी गरीबी और समस्याएं, जो भी आपके जीवन में चल रही हैं जल्द ही समाप्त हो सकती हैं यदि आप सपने में चांद को छूते हुए खुद को देखते हो तो इसका अर्थ ये है कि जल्द ही आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है यदि आप सपने में चांद से बातें कर रहे हैं तो आपको आने वाले समय में कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिससे मिलकर आपका भाग्य बदल जाएगा इन अवस्थाओं के अलावा यदि आपको सपने सपने में बहुत बड़ा चांद जो बहुत ही विशाल हो टूटा हुआ चांद चाँद के बीचों बीच दरार काला चांद गहरा लाल चांद चांद में काले धब्बे पानी में चाँद की परछाई देखना या चाँद में किसी का मुख देखना आदि ऐसी अवस्थाएँ यदि आपको सपने में दिखाई देती हैं जो कि ऐसी हैं कि ये ज़्यादा लाभकारी नहीं है अच्छी नहीं है तो आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है और ऐसे सपनों के बारे में दूसरों को बता देना चाहिए ताकि इनका प्रभाव कम हो जाए आपको यदि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद